मैं आपको कामयाब होने का सूत्र दे रहा हूं अभी एक जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र सुनना चाहते हो तो बोलो हां सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का पांच परसेंट दस परसेंट जो तुमको ठीक लगे परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है भगवान को अपना पार्टनर बना लो फाइव परसेंट और टेन परसेंटेज इन योर हैंड्स मेक अ पार्टनरशिप विद हिम वो अगर पार्टनर हो पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाव ये आपके ऊपर डिसाइड करता है और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट स्मॉल है आप कहते हैं ना अभी तो कुछ है ही नहीं अभी क्या फायदा अभी करने का फायदा है क्योंकि अभी दिया जा सकता है जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा